हो जहा तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है हो जहा तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है लटों से उलझी लिप्टी रात हुआ करती थी हो कभी कभी तक पे वो भी मिला करती है छोड़ाए हम वो गलियां छो गलिया जहा तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे हसित तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी हसी तेरी सुनसन के फसल पका करती थी छोड़ा वो गलिया छोड़ाए हम वो गलिया एक छोटा सा लम्हा है जो खत्म नहीं होता मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं हो तो ये भस्म नहीं हो